फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल प्रिया बंसल में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दुर्गी माँ की ड्रेस इसका मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगी ये बिग की ड्रेस है दुर्गी एक कस्टमर की है तो मैं इस टाइप की ड्रेस बनाऊंगी इस टाइप की ये इसमें लैस लगाऊंगी और ये गोटा लगाऊंगी ये रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक इसकी लंबाई साढ़े तीस है और इसकी चौड़ाई सवा चौदह है ये लहंगे की लंबाई है ये अड़तीस इंच का है और इसकी चौड़ाई पंद्रह इंच है ये माता रानी की चोली है ये थोड़ी इस स्टाइल में है इसकी मैं लेंथ और ये थोड़ा सा चौड़ाई वगैरह ये थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ इसकी लंबाई सवा अठारह है देखिए सवा सवा अठारह पे आ रही है और इसकी चौड़ाई साढ़े पंद्रह है देखिए ये दुर्गे माँ की दुपट्टा है मैंने इसको बुकरम और आरकंडी से अटैच कर लिया है तो देखिए हमारी माता रानी का दुपट्टा सिलकर तैयार हो गया है तो ये देखिए मैंने ये चारों तरफ से इसके लेस लगा दी हुई है ये देखिए और मैंने इस टाइप से ये डिजाइन दी गई है ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बना हुआ है मेरा ये दुपट्टा माता रानी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है चलिए अब हम इसकी लहंगा तैयार कर लेते हैं माता रानी का देखिए मैंने माता रानी का बेस सिल दिया है ये देखिए मैंने बुकरा मार्कंडी से अटैच कर लिया है इसको और मैंने दोनों साइड से ये सिलाई लगा ली है ताकि मेरी फिनिशिंग अच्छी आए तो चलिए हम इस लहंगे को तैयार करते हैं मैंने ये नीचे के साइड से भी सिलाई लगा ली है ताकि मेरा कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखे नहीं और मेरी फिनिशिंग आए यहाँ से मैं लेस लगाते हुए लेके आऊंगी मैंने इसकी लैस ऐस टाइप से लगा दी है देखिए मैंने लैस पूरे में लगा दी है अब मैं क्या करूंगी इस लैस को मैं उल्टा साइड से लगाऊंगी मैं बता देती हूँ आपको तो देखिए मैं इस टाइप से लैस लगाऊंगी इसे भी अटैच कर लूँगी एक साइड से ऐसे और एक साइड से ऐसे थोड़ा गैप दे फिर मैं इसमें गोटा लगा दूंगी ऊपर से जो लुक वाइज आपकी ड्रेस को बहुत अच्छा लगेगा चलिए मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको देखिए मैंने ये दोनों साइड से लेस लगा लिया अपनी लहंगे में माता रानी के अब मैं इसमें गोटा लगाऊंगी बीचों बीच ताकि मेरी फिनिशिंग अच्छी आए और इसका लुक भी अच्छा आए तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ देखिए मैंने बीचों गोटा लगा लिया है ये देखिए स्टाइप से इसका लुक आ रहा है तो ये मैंने एक डिज़ाइन बना दी है तो आप चाहे इस टाइप की भी डिज़ाइन बना सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं और तो इससे मेरी ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसलिए मैंने इसको लगाया है देखिए हम यहाँ पे गोटा लगाएंगे ये, ये मैंने गोटा लगा लिया है अब मैं यहाँ दोनों साइड कॉर्नर पे भी गोटा लगा लूंगी तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से गोटा लगा लिया है ये देखिए अब मैं इसमें प्लेट्स भर के दिखाऊंगी देखिए मैंने इसकी प्लेट्स भर दी हैं और मैंने इसकी क्रीज भी बना ली है ये देखिए अब मैं इसमें नीफा लगाऊंगी मैंने ये नीफा ले लिया है ये फोर्टीन इंच लंबाई है और इसकी वर्थ साढ़े तीन इंच है तो मैं अपनी इस लहंगे में लगाऊंगी। तो देखिए हमारी माता रानी का घेर बनकर तैयार हो चुका है कितनी प्लेट्स डाल के पूरी लैस वेस लगा के अटैच कर लिया मैंने ये देखिए कितना सुंदर बनाए माता रानी का ये घेर चलिए अब हम इसकी चोली तैयार कर लेते हैं तो देखिए मैंने ये चूली को कट कर लिया था इसे मैंने अटैच कर लिया है बुक्रम से और मैंने सारे साइड इसके सिलाई लगा ली है और मैंने इसका गला भी बना लिया है ये देखिए सी के नाप का है तो मैं इसमें इस, इस टाइप की लेस लगाऊंगी सारे साइड और गोटे से अटैच कर लूंगी तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा दूंगी देखिए मेरी ये चोली बनकर तैयार हो गई है मैंने इस चारों तरफ से इसकी लैस और गोटा लगा दिया है इसकी फिनिशिंग भी हो गई है ये देखिए ये देखिए मेरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी बस इसमें प्रेसिंग का काम बाकी है बाकी कंप्लीट हो चुकी है प्लीज़ अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा राधे राधे थैंक यू